है गुड मॉर्निंग गाइज़ वेलकम टू माई YouTube चैनल माई YouTube चैनल ने मिस जील Forever. तो गाइज़ मैंने आपको प्रामिस किया था कि मैं आपको दो सरप्राइज़ दूंगा एक सरप्राइज़ तो मैंने अभी पेंडिंग में रखा हुआ है और दूसरा सरप्राइज़ मैं आपको आज दिखा देता हूँ तो ये है वो दूसरा सरप्राइज मैंने Redmi का लैपटॉप परचेज कर लिया है जिसका स्पेसिफिकेशन कोर i5 और इसमें ग्राफिक्स हैं और ये इलेवन सीरीज में आता है और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब, अब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। चलो तो ये अनबॉक्सिंग हो रही है अब अब कर ये ये से से से ऐसे ऐसे खोलो खोलो खोलो करो इसको करो इसको करो कर करो इधर भी इसको करो। करो, इसको आराम धीरे धीरे धीरे धीरे पे रखो इसको ये उधर देख बेटा कैमरा मैन देख चाम्णेद थे, चाम्णेद थे। लो जी ये भी है, वो भी है अब ऑन करो उसको नी, नी। से से होगा नया लैपटॉप शुरू होने वाला है अब हम अपनी वीडियो इसमें बनाएंगे ये मैंने Redmi का लैपटॉप लिया है बहुत खुश हूँ मैं इस लैपटॉप से आई होप बस ये मुझे अपनी राश में करे और बढ़िया-बढ़िया वीडियो बना करते दे हम लोग विंडो के अंदर अपने अपने को एक लैपटॉप मिला है जिसके अंदर अपने को Intel आई कोर प्रोसेसर और Intel का iRiS X ग्राफिक हमें मिला है तो होप्स हो तो कि मेरी वीडियो इसमें बहुत अच्छे से वर्क करे और मैं आपको बहुत अच्छे से अपनी वीडियो प्रजेंट कर सकूँ जैसे को गाइस इसलिए बिलिंग काउंटर पे बैठ के सबसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए लैपटॉप और देखो कितना सही लग रहा है बिलिंग काउंटर पे बैठा हुआ और ये इनके कस्टमर बैठे यहाँ पे सुबह का ये मेरा ब्रेकफास्ट है ब्रेड सॉस एग ब्रेड्स विथ टी तो ये देखो आज दिवाली के मौके पे ये तो अपने भाई भांगते हैं के बहुत बढ़िया से वो डांस कर रहे हैं ये देखिए है तो दोनों को भांग का नशा बहुत तगड़ा है इनको ये देखो ये देखो hours later to bhai sab pehle iski unboxing karte hain hamari photo mein hai marketing photo hai matarani ki yahan tak mujhe lag raha hai aa boli dung the ye hai hamari matarani chalo तो ये मेरी सिस्टर मेरे घर पे दिवाली लेकर आई है मेरे लिए ये फ्लावर पोट है और एक बिस्किट से अच्छा इसी कैसा लगा आपको तो देखो गाइस मेरे नेत्यू दिवाली के लिए बम पटा के लेकर आए हैं अपने लिए ये है बम ये देखो गाइस ये है गोले बम ये है ये देखो ये है। है, ये ये ये ये ये ये है है है देखो देखो देखो बच्चों के लिए गाइस फुलजड़िए फुल बहुत सारे पम्प है अंदर डाल और ये हैं डालने की तो देखो किचन बिलकुल साफ हो गई है दिवाली की सिपाइँ हम इसी पर बोलते हैं और बहुत अच्छा देखो अंदर फिर रूम में भी बहुत अच्छा क्लीन अप कर दिया है हर चीज़ क्लीन कर दी है ये बाहर का कमरा बाहर का ड्राइंग प्रॉपर साफ़ कर दिया गया देखो गाइस वो जा रहा है एक देखो दूर क्लीन जा, जा रहा है वो देखो आप धीरे धीरे देखो कहाँ जा रहा है तो ये है हमारी स्माइली वाली रोटी बहुत अच्छी लग रही है मम्मी मैं बहुत तो ये देखो गाइज ऐसी क्रिएटिविटी कौन कर सकता है मुझे मैसेज में कमेंट करके बताना आप देखना ये तो फ्रिज फूलने वाली है ये भी एक अच्छी रेसिपी तो है। फिश वाली रोटी बच्चे इसको बहुत खुश हो खाते हैं दोनों बाप बेटे इस दीप को देखो कैसे मजे से अपने हाथ को चारा है पैरों तक तो। हेलो गुड मॉर्निंग तो गाइस देखो देखो इतने अच्छे देखो सुपे -सुपे इतने अच्छे अच्छे मौसम में ये सुबह सुबह से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं दोनों तो आज अपन लोग करने जा रहे हैं एक दो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो कि मैंने मीशो से मंगाए थे एक मेरे लिए और एक गुंजन के लिए तो चलिए करते हैं उसको अनबॉक्स खोलो बेटा क्या इसमें देखो जरा दिखाओ क्या है इसके अंदर ठीक खाता मैं। दिखा दो फटाफट से तो सबको दिखा दो कि हमने क्या मंगाया आराम से खोला करो बेटा आप तो बहुत जल्दी करते हो अ वाह तो गाय गैस, गैस करो इसमें क्या होना चाहिए गैस कीजिए इसमें क्या होना चाहिए ए खोलो बेटा इसको खोल कर दिखा सबको खोल के दिखा दे आराम से तो ये है गायस टैक्स कुछ दिन खोलना है इसको वही कंगी कहाँ चला हो कंगी मिली है इसमें देखो कंगी फ्री मिली हमें इसमें अरे वाह चलो ये अपनी दाढ़ी पे माले करूँगा उसको मैं तो देखिए गाइज़ ये मैंने मिशो से ऑर्डर किया है तो देखो गाइज़ एक हमने स्पैक्ट्स ऑर्डर किया था जिसमें हमें ये बॉक्स मिला है बहुत प्रीमियम क्वालिटी का मतलब ये बॉक्स है मीशो से अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और साथ में हमें कंगी फ्री मिली है तो दूसरा करियर अपना ये है जो कि इसको भी इसीप ही खोलेगा चल भाई इसीप कैं आम से मारियो मारियो ध्यान ध्यान से एक बड़ी वाली है तो छोड़ इसको चलो मारियोज इस ने खोल लिया है अब आइए मेरी बारी तो मैं खोल देता हूँ चलो इसको आप सबके लिए आप सब बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा पता नहीं इसमें क्या है पता नहीं इसमें गाड़ी कुछ तो गा। हम बड़े प्यार से खोलेंगे हमने इसको काटा इस मैंने थोड़ा सा गलत काटा इसको सभी कोई बात ही काम कर जाएगा तो देखते हैं इसके अंदर क्या है आई थिंक ये ट्राउजर है और मैंने ये ट्राउजर अपने लिए मंगाया थे गाई मैं आपको दिखाता हूँ तो आई थिंक अच्छा लग रहा है क्वालिटी अच्छी है इसकी देखो तो इसको मैं ऑफिशियल ऑफिस के लिए पहनूँगा बंद कर दें तो कैसा लगा आपको दादी तो दादी को बुद्धि रहता दादी तरफ चीज लाकर देती है ना क्या <laughs> मम्मी मम्मी मम्मी ये स्माइली वाली रोटी बनकर तैयार हो गई है इसी कैसी बनी है ठीक